जीवन में कौन आता है यह जरूरी नहीं है आखिरी तक कौन साथ देता है यह जरूरी है अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं भरोसा सब पर करो और सावधानी से क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीप काट लेते हैं जिन्होंने मंजिल तक पहुंचने की सोच ही ली है उन्हें रास्ते में आने वाली भी नहीं रोक पाती। सूरज और पिता की गर्मी बर्दाश्त करना सीखिए जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कत्र करो जिन्होंने बुरे वक्त पर आपका साथ दिया हो जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं जिन्हें उगना आता है पत्थरों का सीना चीर के भी उग जाते हैं दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर पाता है जिसमें कोई गांठ ना हो आज वही कल है जिसका इंतजार आपको कल था उम्मीद दूसरों से लगाओगे तो हार जाओगे उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे आप जितना कम बोलेंगे लोग तो आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे इसलिए जब आवश्यकता हो तभी बोलिए सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं अगल बनना अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है बीते समय से सीख लेकर वर्तमान में कार्य करिए इससे आपका भविष्य अपने आप समझ जाएगा का कभी अभिमान मत करना साहब। है जमीन से शुरू और जमीन पर ही खत्म होती है पेड़ की डाल पर बैठा पंछी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है बस हमारा डर उसे असम्भव बना देता है मैंने आले से सीखा है साथ निभाने का हुनर वो टूट गया लेकिन कभी चा भी नहीं बचा सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना किस्मत बालों के हाथ खाली रह सकते हैं पर मेहनत करने वालों जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है जिंदगी में वो ही लोग असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं अगर बीते हुए कल से कुछ वापस आ सके तो क्या मांगना चाहोगे कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए अपना ख्याल रखें